मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिनांक 21 नवंबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों हमारा प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस घर में होगा वो आपकी राशि होगी यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी टाइम अपनी बर्थ प्लेस जो है छोड़ दीजिए और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बगल में बना बेलाइकन दबाना होगा दर्शकों आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है ये पांच अंग कौन कौन से हैं तो तिथि वार नक्षत्र योग करण विक्रम संबत् 2076 हज़ार छिहत्तर सख्त संबत्त उन्नीस सौ इकतालीस मार्ग शीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज दर्शकों जो तिथि रहेगी नौमी तिथि है तदुपरांत दसवीं तिथि जो है 11 बजे के बाद लग जाएगी बृहस्पतवार दिन रहेगा दर्शकों नवमी तिथि के बारे में हमने बताया था परवर हो गया लौकी हो गया इसका सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप लौकी का सेवन करते हैं तो हमारे शास्त्रों में हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि गाय के मांस खाने के बराबर समझिए लौकी का सेवन करना है तो लौकी को आज अवॉइड करिएगा दसमी तिथि के दिन कुष्मांड का सेवन नहीं करना चाहिए सूर्योदय की बात करें तो प्रातः छह बजकर चौतीस मिनट पर सूर्योदय होगा सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर दस मिनट पर नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा छह बजकर तीस मिनट तक की इसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा नवमी तिथि हमने आपको बताया ग्यारह बजकर उनतीस मिनट तक की रहेगी इसके उपरांत दसवीं तिथि रहेगी करण रहेगा गर्भ इसके उपरांत तो वरिष्ठ और अंतिम करण रहेगा विष्टिकरण योग रहेगा वैधति योग इसके उपरांत विश्कुंभ योग रहेगा चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे सिंह राशि में रहेंगे चलायमान अच्छा और सूर्यदेव आज वृश्चिक राशि में चलायमान रहेंगे गुरुवार दिन और दिशा की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता तो गुरुवार को देखिए दर्शकों दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए दिशाशुल होता है यदि आपको दक्षिण दिशा में जाना पड़ जाए तो प्रयास आप ये करिएगा कि पहले आप उत्तर दिशा की ओर चार पक चलिए केसर का दही का सेवन करिए हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाइए तब आप यात्रा करिए शुभ समय पर आ जाते हैं कि आज का शुभ समय क्या है देखिए बारह बजकर बत्तीस मिनट से दोपहर दो, दो बजकर एक मिनट तक अमृतकाल है इसमें आप शुभ कार्यों को, को कर सकते हैं दोपहर एक बजकर अड़तीस मिनट से दो बजकर बीस मिनट तक विजय मुहूर्त है इसमें भी आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं वहीं अशुभ समय की बात करें अर्थात राहुकाल की बात करें तो एक मिनट दोपहर से लेकर के दो मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहुकाल का रहेगा देखिए दर्शकों राहुकाल में शुभ कार्यो को कदापि नहीं करते हैं यदि काल में शुभ कार्यों को हमारी राशि तो मेष राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है तो सितारे कहते हैं कि आज अपने किसी नजदीकी व्यक्ति से कहा सुनी हो सकती है हृदय को आज आपके ठेस पहुँच सकता है आज देखिए आपके स्वास्थ्य का पाया दर्शकों कमजोर रहेगा काम में उत्साह की कमी रहेगी जोखिम हुआ जमानत के कार्य यदि आप टालते हैं तो ठीक है भागदौड़ भरी दिनचर्या आज, आज आपकी रहने वाली है मानसिक उलझने बनी रहेगी व्यापार व्यवसाय पर आज, आज आपको मनोनुकूल सफलता नहीं मिलेगी आज, आज आपके फालतू के खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे किसी अनजान व्यक्ति से आज, आज आपका वाद विवाद हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज महामृत्युंजय मंत्र की एक, का तो एक। कार्य सिद्धि होगी काफी समय से रुके कार्य पूर्ण होने से मन में बहुत प्रसन्नता रहेगी आज आपके कार्य की प्रशंसा उच्चाधिकारी करेंगे नौकरी में सहकर्मी आज आपका साथ देंगे घर में भाइयों भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा व्यापार व्यवसाय में आज के दिन आपकी गति आएगी आज निवेश से आपको जो है धन लाभ होगा और आज निवेश से आपको मन लाभ भी प्राप्त तो होगा कोशिश कीजिएगा कि किसी के साथ बहस में बाद विवाद में मत पड़िएगा जोखिम और जवानत के कार्यों को आज आपको टालने के सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए कि आज के दिन नहाने वाले पानी में आपको हल्दी डालना रहेगा और थोड़ा सा सरसों का तेल आप लोग पाँच बूंद डाल दीजिएगा एक चुटकी हल्दी पाँच बूंद सरसों का तेल और फिर आप लोग स्नान करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपका के लिए रहेगा पांच वहीं मिथुन राशि के जातकों आज के दिन नए मित्र बनेंगे नए कार्य प्रारंभ करने की मिथुन राशि के जातक कोई योजना बना सकते हैं आज कोई गुड न्यूज़ मिलने से मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा आय में वृद्धि होगी आपके जो शत्रु हैं ये आज सक्रिय रहेंगे लेकिन आपको कोई अहित नहीं पहुँचा पाएंगे किसी भी तरीके के आज आपको जो है कानूनी कार्यों में भाग नहीं लेना है आज आपको किसी को धन उधार नहीं देना व्यापार व्यवसाय में लाभ वृद्धि होगी और आज मन में बनी रहेगी स्वास्थ्य थोड़ा सा गिरावट दिखा रहा है हेल्थ का का पाया आज कमजोर रहेगा रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेंगा? तो कवच आप लोग पाठ करिएगा और कोशिश कीजिए कि धर्म स्थान पर यज्ञो का दान करिए शुभ कलर ही आपके लिए आज रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ कर्क राशि तो कर्क राशि के जात को भाग्योन्नति के प्रयास आज सफल रहेंगे आज यात्राएं मनोनुकूल लाभ देगी निवेश में सोच समझ करके हाथ डालें तो बेहतर रहेगा नौकरी में कार्यभार जो है आज कोई आप ग्रहण कर सकते हैं कारोबार अच्छा चलेगा आज पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा नवीन वस्त्राभूषण पर व्यय करते हुए आज दिखाई पड़ रहे हैं यदि कोई एग्जाम है कोई परीक्षा है कर राशि के जात या कोई साक्षात्कार है उसमें आज आप लोग सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कोई नई नौकरी आज आपका इंतजार कर रही लेकिन आज आपका धन खर्च अधिक होगा उपाय के पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा नारायण कवच का पाठ करिएगा दूसरा पीले वस्त्र आज आप लोग धारण करिए शुभ कलर आपका रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार वहीं सिंह राशि के जातकों आज आपके खर्चों में वृद्धि होगी बजट बिगड़ेगा दूसरों से अपेक्षा पूरी नहीं होगी कार्य की गति कुछ धीमी रहेगी लेकिन दोपहर बाद ये जो गति धीमी थी इसमें तेज़ी आएगी कोई नौकरी में नया पदभार या कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं आज सिंह राशि के जातकों को थोड़ी सी थकान व कमजोरी रह सकती है आपके सहनशीलता में धैर्यशीलता में कमी दिखाई पड़ रही है सिंह राशि के जातक हैं तो आज आप किसी अच्छे व्यक्ति की बात आपको बहुत बुरी लग सकती है सोच समझ करके कोई बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला से जुड़ा हुआ आप लोग लीजिएगा अन्यथा बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा आपको उपाय क्या करना रहेगा तो आज विष्णु सहस नाम का आप लोग पाठ करिए और केसर का आप लोग सेवन करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक वहीं कन्या राशि के जातकों आज का दिन रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है यात्राओं में जल्दबाजी मत करिएगा और यात्रा पर यदि आप जा रहे हैं तो अपने लगेज का प्रॉपर ध्यान रखिए लाभ के अवसर आज तमाम आपके हाथ आएंगे सभी कार्य पूर्ण व सफल होंगे घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा उत्साह बना रहेगा समय की अनुकूलता का आज लाभ लें आज किसी से वाद विवाद मत करिएगा वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना है वाहन से चोट इत्यादि का आज भय दिखा रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम जूम स मंत्र की आप एक आठ बार जाप करिए भगवान भोलेनाथ पर आज दूध में हमारी जो अगली राशि आती, आती है तुला राशि अर्थात लिब्रा तो तुला राशि के जातको आज जो भी आप आर्थिक नीति बनाएंगे उसमें आपको सुखद परिणाम हासिल होंगे तुला राशि के जातकों को आज कई तरीके के लाभ प्राप्त होंगे किसी बड़े कार्य को करने की योजना तुला राशि के जातक आज बनाते हुए नजर आ रहे हैं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी कोई नया काम काज कोई नया रोजी या रोजगार आज आपको मिल सकता है लाभ के तमाम अवसर आप तुला राशि के जातकों को मिलेंगे उत्साह व प्रसन्नता से आज आप लोग काम कर पाएंगे दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के अपने धन को खर्च मत करिएगा इसको आप लोग बचाइएगा जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे अविवाहित लोगों को आज कोई विवाह का नया प्रस्ताव भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा धर्म स्थान के आसपास आज आप लोग सफाई करिए दूसरा आज अपने गुरु के चरण स्पर्श करके आपको आशीर्वाद लेना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा आज व्हाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा अंक छे हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है स्कॉर्पियो वृश्चिक लेकिन दर्शकों आप लोग फटाफट लाइक करिए और जो हमारे लकी भाग्यशाली विजेता हैं इनके नामों की घोषणा हम एक दो दिन के बाद के राशिफल में करेंगे क्योंकि ये राशिफल हमारा प्री रिकॉर्ड हो रहा है और उस राशिफल में हम करेंगे क्या कि कम से कम छः से सात जो है जो भाग्यशाली विजेता है आप लोग देखिए कमेंट करते रहिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट करिए दो तीन दिन के राशिफल का हम एक साथ लेंगे और छः या लोगों की कुंडली का विश्लेषण करके हम अपने चैनल पर अपलोड ंगे तो वृश्चिक राशि के जातकों शारीरिक कष्ट की आज आशंका प्रबल है अतः लापरवाही ना करें अध्यात्म तथा तंत्र मंत्र में आज, आज आपकी रुचि रहेगी किसी बहुत विद्वान व्यक्ति का आज मार्गदर्शन प्राप्त होगा आज सत्ता पक्ष से राजकीय पक्ष से आपको सहयोग प्राप्त होगा लंबित कार्य आज आपके पूर्ण होंगे प्रसन्नता रहेगी चिंता तथा तनाव में कुछ कमी आती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज प्रयास करिएगा कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आज आप लोग पका हुआ भोजन कराइए दूसरा आज हल्दी का दान धर्म स्थान पर आप लोग करिए ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे मंत्र की एक माला का जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ सजिटेरियस राशि तो धनु राशि के जात आज कोई नया वाहन सुख प्राप्त करते हुए नजर आएंगे मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में लापरवाही ना करें कुछ शारीरिक कष्ट संभव है दूसरों के उपसाने में आज आपको नहीं आना है महत्वपूर्ण निर्णय लेने में धनुराशि के जातक आज आपको जल्दबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी पेट से जुड़ा हुआ कोई रोग आ, उभर कर आ सकता है दोपहर के बाद से समय आपके मन अनुकूल होगा व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा पूर्व में किए गए निवेश से आपको धन लाभ होगा स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफी रहने जो है राशिफल तो मकर राशि के जात को परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आज आपके आयोजन हो सकता है जो लोग कुआरे हैं या अविवाहित हैं उनको कोई विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज नौकरी में प्रमोशन इत्यादि का योग बन रहा है कि कोई प्रमोशन मिल सकता है सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकती है घर बाहर उत्साह वह प्रसन्नता का वातावरण रहेगा समय की अनुकूलता का लाभ लीजिएगा उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी आज आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है फालतू की बातों पर आज आपको ध्यान नहीं देना है किसी के साथ व्यर्थ का बात विवाद मत करिएगा उपाय उपाय मेन होता है तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा पीपल के वृक्ष पर जल में हल्दी डालकर के अभिषेक करिए वहीं पर खड़े होकर के पाँच मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप लोग उच्चारण करिए सब कुछ अच्छा होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार एक्वायर्स जी हाँ कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जात आज स्थायी संपत्ति की खरोद जो है खरीद फरोख्त का दिन है आज प्रॉपर्टी से कोई बहुत बड़ा आज आप लोग गेन कर सकते हैं प्रॉपर्टी यदि आप ब्रोकर हैं तो आज आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इसमें भी आप सफल होंगे भाग्योन्नति के प्रयास आज आपके सफल रहेंगे रोजगार में वृद्धि होगी आज आपका धनार्जन सुगम होगा उत्साह व प्रसन्नता से काम कर पाएंगे आज आपको जो है काफ़ी व्यस्तता रहेगी इसलिए थकान थोड़ी सी संभव है लंबी दूरी की यात्राएँ भी आज कुंभ राशि के जातक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कोर्ट चेहरे का कोई फैसला आप लोगों के पक्ष में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग प्रयास ये करिएगा कि विष्णु सहस का आप लोग पाठ करिए और आज यज्ञोपवीत का दान किसी धर्म स्थान पर आप लोग करिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुय नमा या ओम ब्रह्म बृहस्पतय नमा मंत्र की एक माला के भी जाप कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ग्रे और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ अंतिम राशि पर चलते लेकिन दर्शकों को फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए मीन राशि मीन राशि के जातकों आज प्रातः काल से यात्राओं का योग है पठन पाठन व लेखन आदि कामों में आपका मन लगेगा आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का आज आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा आज आपके दिमाग में नए नए जो है सकारात्मक विचार आएंगे घर बाहर आज आपका जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यू रहने वाली है आज किसी मांगलिक आनंद के उत्सव में या किसी विवाह के में भाग होने का प्राप्त होगा जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर होंगे लेकिन आज आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ कष्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो नारायण कवच का आप लोग पाठ करिए पहली चीज और दूसरा आज बृहस्पति कवच का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक तो कैसा लगा मे से लेकर के मीन राशि के जात को हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए आप भी उन भाग्यशाली विजेताओं में हो सकते हैं जिनकी जन्म कुंडली हम अपने जो है राशिफल में अपलोड करते हैं आपको करना क्या होगा अपना शुभ नाम अपना जो है बर्थ का समय बर्थ का स्थान और डेट ऑफ बर्थ अपनी आपको टाइप करनी है आपके प्रश्न टाइप करने हैं और प्रतीक्षा करिए अगले दिन के राशिफल की दीजिए इजाज़त मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार ओ नमो भगवते वासुदेवाय